सिंगरौली में शक्ति नगर सी संजीवनी चिकित्सालय एवं वनीता समाज के सामंजस्य से समाज कल्याण के लिए निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया यह शिविर आठ से दस जनवरी तक चलाया गया इस शिविर के दौरान लगभग ढाई सौ मरीजों के नेत्र का सफल ऑपरेशन किया गया एनटीपीसी सिंगरौली शक्ति के सी संजीवनी चिकित्सालय एवं वनीता समाज के सामंजस्य से समाज कल्याण के लिए आस के ग्रामीण जनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया यह शिविर संजीवनी अस्पताल में आयोजित किया गया निशुल्क नेत्र चिकित्सा जांच शिविर में 8 जनवरी को चार तिरानवे ग्रामीण जनों का पंजीकरण किया गया था जिसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा एक सौ मरीजों के नेत्र का सफल ऑपरेशन किया गया शिविर में भर्ती किए गए मरीजों को निशुल्क दवा निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन निःशुल्क आवासीय सुविधा व ऑपरेशन के बाद निःशुल्क दवा एवं चश्मा भी प्रदान किया गया वनिता समाज द्वारा नेत्र चिकित्सा के मरीजों को कम्बल एवं बर्तन भी वितरित किए गए एन टी पी सी सिंगरौली सी एस आर का तरफ ये मोतियाबीन का कैंप आयोजन किया गया है इसमें लाइंस एंड आईसाइट मिर्जापुर का डॉक्टर आर दुआ एंड इनका सन और एन का डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है सीएसआर का तरफ ये जो कैंप किया है इसमें लगभग थ्री पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है और ये हमारा लिए बड़ा उपलब्धि है हम लोग इंडिया में ये बोला जाता है 1.2 करोड़ ब्लाइंड पीपल है ये 1.2 करोड़ ब्लाइंड पीपल में 80 लाख ब्लाइंड पीपल है जो मोतिया के कारण ब्लाइंड है एन इस कार्यक्रम में योगदान करके एक बड़ा इंडिया का जो समस्या है यह साधन करने का कोशिश कर रहा है इसमें हमारा जो वनीता समाज है वो भी योगदान दिया है एनसीए सर का तरफ ये काम हो रहा है सर जी हम आज जगजननी ज्वालामुखी जी के स्थान से आए हैं वहीं रहते भी हैं और यहाँ का सर जितना भी व्यवस्था है सर एक नंबर का है सर हम तो कहेंगे कि हिंदुस्तान में टॉप है हम अपने मुख से जितना भी सर बोल रहे हैं बहुत कम ही होगा सर इतनी प्रशंसा सर कि हम ऐसा तो अभी जीवन में नहीं देखा